कल्पना कीजिए मनोज जी के आप इस परीक्षा में सफल होके किसी प्रदेश में कैडर आपको अलर्ट होता है और आप वहाँ के जिला अधिकारी हो जाते हैं एक व्यक्ति एक ठेकेदार आपके पास आता है और वो आपको काफी बड़ा रकम ऑफर करता है पेशकश आपको करता है और आप उसको मना कर देते हैं जस्ट जो कि आपको करना चाहिए एक अधिकारी होने के नाते वो जो ठेकेदार है कॉन्ट्रैक्टर है वो आपके गृह जनपद में जाता है आपका घर पता करता है और आपके बड़े भाई को बहुत सारा जो है पैसा ऑफर कर देता है आपके बड़े भाई बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन किसी जरूरत में वो फंसे हुए हैं उन्हें पैसे की अविलंब जरूरत है थोड़ा सा वो डगमगा जाते हैं और पैसे को स्वीकार कर लेते हैं वो आपको फोन करते हैं और आप इस भावनात्मक दबाव में आकर के कि चलो भाई है और काम होने में कुछ संभावनाएं भी हैं आपने उसको आउटराइटली मना कर दिया था फिर आपको लगता है नहीं कुछ संभावनाएं निकल आई है हो सकता है इससे किया जा सकता है और आप उनका काम कर देते हैं उस ठेकेदार का जिसे आपने पहले मना कर दिया था बाद में आपको पता चलता है बाद में कि उस जो काम आपने किया भावनात्मक अपने भाई के फोन करने पर जिन्होंने आपको पढ़ाया भी है तैयारी के समय पैसा भी दिया है उन्होंने पैसा लिया था उस काम का आपकी प्रतिक्रिया कितनी होंगी और क्या होंगी सर क्योंकि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के अंदर जो यह, यह जो पूरी प्रक्रिया है वो आचरण नियमावली के अनुकूल नहीं है इसमें पैसे के द्वारा कि किसी ठेकेदार का काम कराया गया है इसका मतलब यह है एक भ्रष्टाचार का उदाहरण है इसलिए ए, इस पूरी प्रक्रिया के संबंध में जो भी अनियमित हैं उनको मेरे द्वारा विभाग के सामने रखा जाएगा तो आप अपनी ही कमी बताएंगे विभाग को सर क्योंकि अगर आपने फोन करने पे दिया था क्योंकि सर अगर कमी नहीं बताई जाएगी तो आगे चलकर यह मेरे कैरियर के संबंध में और बड़ी विकट समस्याएं उत्पन्न कर सकती है इसलिए इसमें पारदर्शिता ही समुचित कदम होगा नहीं तो क्या मतलब अपने भाई के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे भाई के खिलाफ में भाई के खिलाफ, नहीं करेंगे। भाई के खिलाफ सर मेरी ये कार्रवाई होगी वो पैसा है, है कार्रवाई करने में सक्षम है ना आप जिलाधिकारी यहाँ मुकदमा पंजीकृत करा सकते हैं जेल भेज सकते हैं आपकी कार्रवाई क्या होगी सर उसमें वस्तुनिश्चितता बरतते हुए पूर्णतः मानकों के साथ उन पर कार्रवाई की क् जाए क्या कार्रवाई करेंगे आप जेल भेज देंगे उनको सर सारे निजी रिश्ते भावनात्मकता इमोशनल अटैचमेंट उनका बलिदान सबको ताक पर रख के आप जेल भेज देंगे सर वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता लोक सेवा के आधारभूत मूल्यों में से है इसलिए ऐसा करना अनिवार्य है तो क्या आप उनके फोन पे काम करना पसंद करेंगे और आपने तो काम कर दिया उनका तब तो आपने ये चीज सोची नहीं सर यह आप कार्रवाई की बात तो बाद में आ रही आपने तो अभी स्वीकार कर लिया आपने उनका काम कर दिया है सर यह गलती है और इस आधार पर आगे आने वाली एक और गलती को दोहराना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा पहली बार आप उनके दबाव में आ जाएंगे जब वो फोन करेंगे तो सर क्योंकि दो गलत सर एक सही नहीं बना सकते इसलिए मैं दोबारा एक गलती और नहीं करूंगा दोबारा गलती आप नहीं करेंगे एक बार गलती लेकिन आप कर सकते हैं उस गलती को मैं सुधारने के लिए विभाग के समक्ष जो भी नंबर एक भाई पर एफ लिखाएंगे हाँ या ना हाँ सर जेल भेजेंगे सर एफ के बाद जो जांच प्रक्रिया का परिणाम होगा उसका पालन किया जाएगा उसका पालन करेंगे उन्हें बचाने का कोई प्रयास नहीं करेंगे नहीं सर। लेकिन पहली हालांकि अगर वो ए, उनका जो दावा है उनकी जो कोई कॉन्ट्रक्ट पाने की अगर योग्यता है तो उनको निष्पक्ष रूप से दिया जाएगा लेकिन इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे भाई से फोन करवाया इस कारण